2021 अब खत्म अगर 2021 में तुमने कुछ नहीं उखाड़ा तो आज ये वादा कर लो आने वाले साल 2022 में बहुत कुछ उखाड़ना है 2022 में वो सब करना है जो पिछले साल नहीं किया तुम पहले खुद से डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है उसके बाद उस पर काम करो जो तुम्हें करना है अगर इस साल भी हर साल की तरह काम करोगे तो हर साल की तरह ये साल भी गुजर जाएगा इस आने वाले साल बहुत ज्यादा मेहनत करो खुद को इतना बिजी कर लो कि लोगों को तुमसे मिलने अपॉइंटमेंट लेना पड़े और खुद को उस मकाम पर पहुंचाने खुद पर भरोसा होना चाहिए अपने आप पर भरोसा करना सीखो तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहोगे दुनिया ऐसे ही वाह वाह नहीं करती बैठे बैठे तरक्की नहीं होती बिना मेहनत किए नाम नहीं होता बिना मेहनत किए काम नहीं होता बिना मेहनत किए आदमी सक्सेस नहीं होता दुनिया में अगर कुछ बनना होगा तो सुबह जल्दी जागना होगा दुनिया में अगर कुछ करना होगा तो उठके भागना होगा पैर में मोच और इंसान को छोटी सोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती छोटा सोचोगे तो छोटा होगा बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना होगा अगर आपको बड़ा करना है तो बड़ा करना होगा खाली बैठ के सोचोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में अगर कुछ उखाड़ना है तो रिस्क लेना होगा रिस्क सक्सेस का डाउन पेमेंट है और रिस्क वही लेते हैं जिन्हें खुद पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है सक्सेस कोई क्रिसमस का गिफ्ट नहीं है जो रातों रात को इलाके सिराने से रख के चले जाए इसके लिए तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा खुद को मेहनत की आग में जलाना पड़ेगा रात दिन एक करके मेहनत करना पड़ेगा जब जाके तुम सक्सेसफुल इंसान बनोगे और दुनिया के सामने कहोगे आई एम सक्सेस